नगर परिषद डिंडोरी की अध्यक्ष सुनीता सारस ने समय पर कार्यालय पहुंचकर लेट लतीफ अधिकारियों कर्मचारियों की पोल खोलकर रख दी और साफ कर दिया कि अब जो समय पर ऑफिस नहीं आएगा उसकी एबसेंट लगाई जाएगी परिषद अध्यक्ष की इस कार्रवाई से नगर परिषद में हडकंप मचा हुआ है नगर परिषद डिंडोरी के अधिकारी कर्मचारी बेलगाम हो चुके हैं इसकी बानगी तब देखने को मिली जब समय सीमा के पहले नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस कार्यालय पहुंची कार्यालय सुबह साढ़े दस बजे से आरंभ होता है लेकिन 11 बजे तक मात्र कुछ ही लोग परिषद कार्यालय आए ये देख नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस उपस्थिति रजिस्टर लेकर कुर्सी पर बैठ गई और समय पर न आने वालों की अनुपस्थिति दर्ज की अपनी कुर्सी से नजर रहे लोगों में सीएमओ उपयंत्री व कुछ विभागों के अधिकारी शामिल थे नगर परिषद अध्यक्ष सुनीता सारस ने बताया कि लगातार शिकायतें मिल रही थी कि नगर परिषद के अधिकारी कर्मचारी अपनी मनमानी पर उतारू हैं समय पर कार्यालय नहीं आते हैं जिसके चलते आम लोगों को परेशानियों का कर सामना करना पड़ रहा है ऐसे बेलगाम अधिकारी कर्मचारियों के खिलाफ अप्सेंट लगाकर वितरण की कटौती की जाएगी मैं इधर बाहर निरीक्षण में निकली थी तो टाइम हो गया द, द, दस बजे तो मैं सोची कि बाहर ऑफिस कार्यालय में जाकर देखूँ कौन कितना समय पे आता है और कितना समय कार्यालय में बैठा है लोगों से जानकारी होती है कि बहुत ज़्यादा लापरवाही हो रही है हितग्राही लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं उनका कोई का, काम नहीं हो पा रहा है यहाँ आकर देखें तो सिर्फ एक ही व्यक्ति आया था एक और बाकी कोई नहीं आया थे अभी आते जा रहे हैं धीरे धीरे तो उनके लिए मैं सख्त कार्यवाही लेने के लिए सोच रही हूँ ग्यारह बजे के बाद जो भी आएगा लेट तो उसका लगाया जाएगा स्थानीय निवासी शरीन बेगम ने बताया कि वह कई दिनों से नगर परिषद कार्यालय के चक्कर काट रही हैं, लेकिन वहाँ के कर्मचारियों के समय पर आने के चलते उनका काम नहीं हो पा रहा है बहुत दिन शिकायतें भी आ रही थी हम लोग देख भी रहे थे की मतलब कर्मचारियों का मतलब समय बेसमय आना कार्यालय में मतलब कोई समय नहीं था इनका इस सब इसके लेकर हम शिकायतें मिली थी हम लोगों ने गुप्त रूप से स्थल पहुँच के देखे तो इसको लेकर के हमने माननीय अध्यक्ष मैडम शाम सतत संपर्क में थे हम लोग हम लोग के मतलब पर्सनली ऐसी बातचीत चल रही थी उसी को लेकर के आज उसी तारतम्य में मैडम ने अपने आक्रोश में आकर के थोड़ा सा कार्रवाई पे दम दिए हैं और हम लोग के पूरे संपर्क होने के बाद सब हम लोग आज कार्रवाई की और मैडम की सराहनी पहल इनके लिए जिससे अब आने वाले समय में नगर परिथी बहुत अच्छी